हमने पहले टॉपिक में बात की कि एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन के अंदर रखना बाकी को प्रोटेक्शन से बाहर कर देना तो दूसरा एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करना अरेस्ट एरिया अनप्रोटेक्टेड हो तो इसका हमें ऑफिस में यूज क्या होता है एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं मैंने यहां पर नेम लिखा मैंने यहां पर क्वान्टिटी लिखा यहां पर एमआरपी और यहां पर हमने दिया अमाउंट और यहां पर लगाया जीएसटी यहां पे लगाया कमीशन और यहां हमारा टोटल दैन हमारा पेट है एंड टाइम और भी चीजें हो सकती है इतना तो लगता है तो जो हमारा अमाउंट है वो है हमारा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआर और जीएसटी जो है हमारा 18% है और कमीशन हमारा अमाउंट का 2% है और टोटल इन सब का टोटल तो मतलब जो मेरे चार कॉलम है ये चार कॉलम फॉर्मूले से है अब मैं डेटा एंट्री करता हूं तो मैंने कहा लिखा नाम यहां पे लिखा मैंने क्वान्टी लिखा एमआरपी लिखा जैसे टाइप दिया बाकी कैलकुलेशन अब खुद हो गया फिर मुझे डेट डालने के लिए चार सेकेंड का टाइम वेस्ट करके मुझे डेट पे जाना होगा पे जाना होगा अब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं कि मैं जब यहां से कर्ज मूव करूं तो मेरा कर डायरेक्ट यहां से उठ के यहां जंप कर जाए और यहां से करूं यहां जंप हो जाए मतलब कि ये जो एरिया है ना सिलेक्ट हो ना चेंज हो न एडिट हो ना इसके अंदर की फॉर्म ले किसी को पता चले ओके okay? तो कैसे करें इसके लिए तो सबसे पहले हम इसी मेथड को जो मेथड इस मेथड को अपनाया इसी मेथड को अपनाएंगे पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसके लॉक को अनचेक कर देंगे। उसके बाद एक्सलेक्टेड एरिया जो भी हमारा फॉर्मेटेड एरिया जो, जो फॉर्मुलेट एरिया है जिसपे फॉर्मुलर है जिसपे हमें टाइप नहीं करना उसको सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट सेल और ऊपर वापस लॉक लगा देंगे तो अभी जो है डी एफ जी चार कॉलर जो है प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है बाकी प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है पास डालने के बाद सब पे टाइप होगा, इस पे टाइप होगा होगा बट इस पे टाइप नहीं होगा लेकिन मैं टाइप के साथ साथ कर्सर भी मूव नहीं करना चाहता तो प्रोटेक्ट करते समय यहां अलाउ यूजर ऑफ दिस वर्कशीट में जिसमें डिफॉल्टेक्ट लॉक सेल एंडक्ट अनलॉक सेल तो के सेल कौन सा है डीई एफ जी इसको हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो यहां से परमिशन को अनचेक कर देता हूं तो इसके अलावा सारे कॉलम जो है अनलॉक होने चाहिए तो इसको मैं कीप रहने देता हूं पासवर्ड डाला देन ओके अब देखिए मैं यहां पर डालता हूं ऊन अब देखिए कर्सर मुंह बोला है ठीक है तो डायरेक्ट कर्सर यहां मैं इसको नहीं कर सकता अगर नहीं करूंगा तो फॉर्मूले वगैरह भी नहीं देख पाऊंगा ना सर तो इससे तो कैलकुलेटेड है तो उस पर आप इस तरह तो की चीजें लगा सकते हो ताकि कर सर आप वो पर जाए इसके अलावा कहीं और न जाए ना सर?